छतरपुर के महाराजपुर नगरपालिका सीएमओ को धमकी मिलने का मामला सामने आया है सीएमओ विष्णु नारायण मिश्रा ने थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है मिश्रा ने बीजेपी नेता पर धमकी देने का आरोप लगाया है सीएमओ विष्णु नारायण मिश्रा का आरोप है कि उन्हें फोन पर 9 तारीख को धमकी मिली थी धमकी देने का आरोप बीजेपी नेता छबीलाल पटेल पर लगा है सीएमओ का आरोप नगर में बिना अनुमति के कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की इसी मामले को लेकर उन्हें देख लेने और उनके साथ मारपीट करने की धमकी दी गई जिसकी शिकायत उन्होंने महाराजपुरा थाने में की है वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि सीएमओ ने शिकायत की है जिसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी मुझे 9 तारीख को दोपहर दो तेरा के लगभग फोन पे छबीलाल पटेल पिता मथुरा प्रसाद पटेल द्वारा गालियाँ दी गई और छतरपुर महाराजपुर में रहने नहीं देने की धमकी मारपीट करने की धमकी दी गई इसके संबंध में प्रशासन को अवगत कराने के लिए छतरपुर जिले के थाना महाराजपुर अंतर्गत सीएमओ सी साहब के द्वारा एक शिकायत की गई है कि किसी से वो टैक्स के संबंध में चर्चा कर रहे थे और फोन पे ही उनका विवाद हो गया है